Teri mujhe pyaas hai tu mujhe khaas hai zubaan mere teri awaaz se kyun yeh तेरा उदास है तेरी मुझे प्यास है तू मुझे खास है तेरी मुझे प्यास है तू मुझे खास है उल्फत का नतीजा है गमों का सिला है फटे है मंजर अति मंजर ढीला है तेरी मुझे प्यास है तू मुझे खास है तेरी मुझे प्यास है तू मुझे खास है आज़े नाज़े प्यार की दरख्वास है आजा मेरे नाज दिल की पुकार है तेरी मुझे प्यास है तू मुझे खास है तेरी मुझे प्यास है, तू खास है मौका ये ये फटे मेरे हाल है, दिल चुके देख, खून लाल है, तेरी मुझे प्यास है तू मुझे खास है तेरी मुझे प्यास है तू मुझे खास है तेरे चाहे तू मेरी जान कर दे उसको तू बदना खड़ा कर खड़े मैं सुबह शाम तेरी मुझे प्यास है तू मुझमे खास है तेरी मुझे प्यास है तू मुझमे खास है तेरी मुझे प्यास है तू मुझे खास है